गई तेरी, हाँ है। तो तेरी हाँ मैं हाथ पहली मैं बड़ा तेरी तरफ तू तो में और लगी मैं चला बड़ा चरी पर जी मेरा करता है एक दो कदम तेरे आगे नहीं बढ़ता है आगे नहीं बढ़ता है जी नहीं नहीं करता है आगे बढ़ क्यों हक कम हाँ लेती है साथ तेरा मैं देता क्यों साथ में ही देती है मैं तो अगला था कुछ समझ नहीं पाता तेरी तरफ तेरी री रहा कभी मेरी रहा तेरी तरफ तेरी रहा